मुझसे बेहतर मेरी में आने से पहले मेरी माँ मुझसे प्यार करती है ना, ना कोई लन त्योता तो सुख दी है सुखा जेडी गुरु घर जाके कर